पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा रात्री में एक विशेष अभियान चलाया गया राजीव इस अभियान के क्रम में थाना क्षेत्र पुलिस के भारी सफलता प्राप्त हुई है एक ट्रक जिसमें जिसमे बस ले रहे थे बिहार तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था पुलिस पार्टी के द्वारा रोकने पे उसमें ट्रक में जो लदे बदमाश थे उसमें से तीन बदमाशों ने पुलिस पार्टी पे फायर किया एक बदमाश जब अभी फायर पे घायल हो गया जिसमें एक सिपाही भी घायल है इसमें से दो बदमाश अंधेरा का फायदा उठा उठा भागने में सफल हुए अभियुक्तों के कब्जे से एक तमंचा कुछ कारतूस एक ट्रक और चौबीस गोवंस बरामद हुए हैं अभियुक्त के खिलाफ जो घायल है करीब आधा दर्जन मुकदमे पर चिखित है जनपदों में अभियुक्त अंदर जनपदीय बादश है शातिर है अन्य कार्रवाई की जा रही है